तो क्या हाल है उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो है बहुत सी अर्निंग कर सकते हैं पाकिस्तान में वो भी बिल्कुल फ्री तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकान के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो अब तक पहुँचती रहे फ्रेंड्स आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जिससे आप जो है रोज़ाना के 500 सौ जो है वार्निंग काट सकते हैं जी हाँ फ्रेंड्स वो है स्नैक वीडियो जी हाँ फ्रेंड्स तो आपने करना क्या है आपने लोगों को इनवाइट करना है और ख़ुद भी किसी दूसरे के जो कोर्स है उससे है उसी से आपने भी इसको जॉइन करना है तो आपने क्या करना है ये आप देख सकते हैं नीचे जो है मुझे ऑप्शन आ रहा है ये सात ये इनवाइट न्यू फ्रेंड्स एंड अर्निंग मनी वाला जो ऑप्शन है ये जो इसमें जो कोड दिया गया है वही कोड आपने इनपुट था इन्वेंशन कोड जो है इसमें जो है आपने यही कोड सात इसमें जो है आपने डाल देना है जैसे आप अपने अकाउंट में ये डालेंगे आपको जो है जितनी भी आप वीडियो वॉच करेंगे आपको उतना ज़्यादा जो है वो पैसे मिलेंगे तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप इससे रोज़ाना में 500 जो है अर्निंग कर सकते हैं और ख़ुद जो है वो भी दूसरों को जो है जो है वो करवा सकते हैं हाँ एक बात आप ये ध्यान में रखना कि आपने जो है दूसरों के इन्वेंशन कोड से स्नैक वीडियो को रजिस्टर करना है इससे आपको जो है वीडियो पर जो है बहुत सी अर्निंग होगी आप जितनी भी वीडियोज़ वाच करोगे अपनी पसंदी की वीडियो किसी भी फ्रेंड्स की वीडियो देखोगे तो अर्निंग होगी आपको तो ये कोड जो आपने जरूर डालना है एन पुट द इन्वेंशन कोड में ठीक है उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी लगी होगी तो मिलेंगे एक न्यू वीडियो में तब तक के लिए अला हाफि